द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर के पी पीसी सिंह के घर एवं कार्यालय पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा है यह कार्रवाई विशप द्वारा पद पर रहते हुए छात्रों की फीस की करीब पौने तीन करोड़ रुपए की राशि का गबन करने के मामले में की गई है विशप के नेपियर टाउन स्थित निवास और कार्यालय में सर्च कार्रवाई हुई उनके घर से अठारह हजार डॉलर विदेशी मुद्रा और एक करोड़ पैंसठ लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं बिशप पीसी सिंह के घर एवं कार्यालय पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा छापामार कार्रवाई की जिसके पास इतने नोट निकले कि ईओडब्ल्यू टीम को गिनने के लिए मशीन लेकर पहुंचना पड़ा उनके घर से अठारह हजार डॉलर विदेशी मुद्रा और एक करोड़ पैसठ लाख रूपए नगद बरामद किए गए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के एसपी पी देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शिकायत प्राप्त हुई थी कि द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जबलपुर के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर मूल सोसायटी का नाम परिवर्तन किया और सोसायटी की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्राप्त होने वाली विद्यार्थियों की फीस की राशि का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने और स्वयं के उपयोग में लाकर गबन किया इस शिकायत की जांच उप पुलिस अधीक्षक सिंह से कराई गई जांच में यह खुलासा हुआ है की बिशप पीसी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं से वर्ष 2004 हजार से वर्ष 2011-12 के बीच करीब दो करोड़ सत्तर लाख रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर कर इसका दुर्विनियोग किया गया है साथ ही स्वयं के उपयोग में लेकर उक्त राशि का गबन किया गया है ईओडब्ल्यू के टीम द्वारा बिशप के कार्यालय एवं घर में की जा रही सर्च कार्रवाई में बिशप की संपत्ति का पता लगाया जा रहा है साथ ही प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं गबन की गई करोड़ों रुपए की राशि से अर्जित संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है